हेलो गाइज कैसे हो मैं हूँ मोन्टू किसान भाई मेरा इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ पहले जाएंगे हम मंदिरों में पहले साल के होते हैं ऐसे में पवित्र मूर्तियों और पत्थरों के नीचे से निकलना ये सब भी बहुत शुभ माना जाता है लेकिन कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं जो ऐसे रिचुअल को निभाने ऐसी पहले ये भी नहीं देखते कि हमारा टेम्पो जैसा शरीर इनके नीचे से निकल भी पाएगा या नहीं ये मैडम जी भी ऐसा नहीं सोची जिसके बाद इनको यहाँ से कैसे निकाला जाए मजा आया और ये सभी ने सोचना शुरू कर दिया मैडम का शरीर बड़ा था और नीचे स्पेस कम ऐसे में फंसने तो तय थी लेकिन आखिर में ने, ने, ने, कुछ तो तेल वे लगा कर इनको यहाँ से सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया जिस पर आपका कमेंट खत्म बाय बाय तो बनता है जब कोई आदमी पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने जाता है और तेल भरवाता है और चला जाता है मगर यही ड्यूटी अगर इस जैसी लड़की को दे दी जाए तो फिर बस हो गया सत्यानाश। ये लड़की जब पेट्रोल पंप पर आती है तो उसे ये समझ नहीं आया कि इस गाड़ी में फ्यूल टैंक का कैप किस साइड में लगा है। ये इसको पेट्रोल पंप पर लाकर खड़ी करती है और जैसे ही उतर कर चेक करती है तो उसे उस साइड कैप नहीं मिलती जोर, जोर से बोल के। ये लड़की लगातार और बार बार गाड़ी को आगे पीछे इधर oh! उधार करती रहती है साइड कैप she she, no, होती है, गाड़ी को उस साइड नहीं ला पाती क्या चलो बहुत के? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बताओ क्या होगा ऐसे लोगों का अरे भाई लास्ट वाली मोहतार तो फिर भी ठीक था मगर इस वाली मैडम का ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ भेजा भगवान ने इसको देकर भेजा है या नहीं यही समझ में नहीं आया इस लड़की के पास जो कार है वो टेस्ला कंपनी की तो जोक मारा रहे। ये और वो भी इलेक्ट्रिक वाली और इसे चार्ज करने के बजाय गैस स्टेशन ले जाती है इसमें गैस भरने के लिए ये तो अच्छा हुआ जो गाड़ी में बैठकर कर इसकी हरकतों पर हंस रहे इन लोग फ्रेंड। बंदरों को अक्सर वायर्स और नंगी तारों पर झूलते और खेलते हुए तो आपने भी कई बार देख देखा होगा जब बहुत डेंजरस हो सकता है जैसा इस बेचारे के साथ हो गया हैं? में देख जे समझ रहा खम्मा मोर्चा